बिना रुके बिना थके आप आप का बच्चों की तरह पालन-पोषण कर रही रही हूं। हूं। मैं मैं मैं तब तब भी भी थी जब जब लोग लोग नहीं नहीं थे, और मैं तब रहूंगी जब आप लोग नहीं रहेंगे। तो पर ऐसा लगता है कि तो थक रही हूं। आपकी धरती मां थक रही है रसायनों का छिड़काव रासायनिक खाद और इन सबके कारण पानी एवं हवा में जहरीलापन यही कारण है कि मैं थक रही हूं उफ। मेरे बच्चों को मेरे दुख का अंदाजा नहीं है मेरी मिट्टी बंजर हो रही है ये रसायन मेरी मिट्टी के उपजाऊपन को खत्म कर